विक्रम संवत दो हजार छिहत्तर सेम्बर और आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी प्रधावी नामक संवत्त सब चल रहा है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 वृषभ राशि आज आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में आज आप सोच तो सकते हैं आपके लिए बहुत सी चीजें आज फायदेमंद होगी खास करके जो विवाहित लोग हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है आज आपको जीवन साथी से पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा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 वहीं मिथुन राशि के जातकों आज आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के कई अच्छे मौके मिलेंगे घर के किसी काम को लेकर के आज आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी आज ऑफिस में कोई ऐसा मामला उलझा होगा जिसको आप ही सिर्फ सुलझाएंगे और जिससे उच्चाधिकारी हो आज आपसे बड़े प्रसन्न होंगे आज दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है बिजनेस संबंधित नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा कोशिश कीजिएगा सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए सब कुछ मंगल होगा अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा वहीं कर्क राशि के जात को आज किसी खास काम के लिए आपके मन में कोई नया विचार आ सकता है आज आप उस पर जल्दी इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे काम की पहले से ही रूपरेखा आज जरूर बना लीजिएगा आज आपको कोई चीट करेगा आज यदि आप बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप चीट होते हुए नजर आएंगे खुद को तनाव मुक्त रखिएगा शाम का समय आज आपका बेहतर बीतेगा परिवार के साथ आज आप किसी धार्मिक गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के आज कोई बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज माँ दुर्गा को लाल चुंदरी आपको अर्पित करना है जिससे आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी और दुर्गा सप्त के पंचम का आज आपको पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि के जात को तो आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा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 काफ़ी मजबूत रहेगी माता पिता आपकी मेहनत से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे आज आपको सभी काम में उनका सपोर्ट भी प्राप्त होगा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए टीचर्स आज आपके साथ खले रहेंगे व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत सफल रहेगी करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए और रुद्राष्टक के पाठ से अभिषेक करिए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 वृश्चिक राशि आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा खुद की मेहनत से आज आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है खास करके जो लोग मीडिया से हैं उनको आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो ऑफिस में आपके कामकाज को लेकर बहुत आज, आज, आज आपकी प्रशंसा करेंगे लवमेंट के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे साथ में बाहर आज आप लब के साथ घूमने जा सकते हैं कोई नया जो है रिश्ता जुड़ सकता है कोई नए रिश्ते पर आपकी बात हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और दुर्गा माता को आज आपको नारियल का जो है अर्पण करना है नारियल का भोग लगाना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज येलो कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा तो धनुराशि की ये सितारे क्या कहते हैं धनु राशि के जातकों आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरत में जरूरी काम में आज, आज आपको सफल दिलाएगा माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने के मौके मिल सकते हैं आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी आज आपके बच्चे आपके साथ जो है क्या कहते हैं कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए संतान को उच्च शिक्षा का योग मिल रहा है शिक्षा तो के क्षेत्र में आज आपको भी काफी कामयाबी मिलेगी आज लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे कार्यस्थल पर आज आपका मन प्रसन्न रहेगा कैरियर में आगे बढ़ने के तमाम रास्ते खुलेंगे नए लोगों से मुलाकात लाभदायक सिद्ध रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन माँ दुर्गा को लाल रंग का वस्त्र या लाल चुंदरी आप अर्पित करिए और दुर्गा सप्तशती के नव अध्याय का आप लोग पाठ करिए इससे आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा कैप्टी मकर राशि तो आज दूसरों से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने से बचना चाहिए किस्मत का साथ मिलने में थोड़ी सी आज आपको परेशानी आ सकती है आप किसी सामाजिक कार्य में आज अपना सहयोग दे सकते हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे उचित दिशा में मेहनत से आज आपको सफलता जरूर मिलेगी खास करके आज जो है मकर राशि के जातकों को कोई को गुड न्यूज़ मिल सकती है पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी आर्थिक रूप से किसी भी बड़े फैसले के लिए आज आपको तैयार रहना होगा आ, करना क्या है उपाय के तौर पर तो किस्मत का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा साथ ही कारोबार में आज, आज आपको धन लाभ होगा आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपको काफी फ़ायदा दिलाए मदद दिलाए आज आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्रिएटिविटी जो है होती हुई दिखाई पड़ रही है रिश्तेदारों का पूरा सहयोग आज, आज आपको मिलेगा अविवाहित लोगों को कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है वैवाहिक जीवन के लिए सारी परिस्थितियां आज आपके अनुकूल रहेगी आज जीवन साथी आपकी भावनाओं की कदर करते हुए नजर आएंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गणेश जी को आपको दुर्गा करना रहेगा और दुर्गा जी के बत्तीस नाम का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा ये चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दक्षिण दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जात आज आपका आत्मविश्वास पहले से बहुत ज्यादा अप रहेगा प्रातः काल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने से वह जल्द पूरा हो सकता है ऑफिस में प्रमोशन के लिए आज, आज आपको नया मौका मिलेगा खास करके छात्र अगर योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के अच्छे रास्ते मिलेंगे व्यापार में कोई नया अनुबंध हो सकता है परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी आज के दिन आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो परेशानी थी वो दूर होती हुई नजर आएगी खुल मिला करके आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपका एग्जाम आज पहले से बहुत बेहतर होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ करिए दुर्गा सप्तशती के की कवच अर्गला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर पूर्व दिशा